सभी लोग कहते हैं तू तो इतना फ्री फायर क्यों खेलता है सभी लोग कहते हैं कि तू तो इतना फ्री फायर क्यों खेलता है तो सुन मेरे भाई माना कि फ्री फायर ज्यादा खेलना बहुत गंदी बात है लेकिन इसी फ्री फायर ने मुझे हंसना सिखाया है दोस्तों से करीब रहना सिखाया सबसे अच्छी बात है घर में रहना सिखाया है जिससे अपने माँ के करीब रहता